बाहर ऊपर तो देखर थाली आइगे अरे यहाँ यह कहाँ आइए रहा तो नहीं है। है अबे जायो। जाओ पहले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 लेह लेह में हम तोड़ने का लिखा